हेलो गाइस वेलकम बैक टू लोकल ब्लॉक चैनल गाइस आज मेरा ये पहला वीडियो है इससे पहले मैंने सिर्फ एक हज़ार वीडियो ही बनाए हैं तो गाइस प्लीज़ मेरे पहले वीडियो में सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को वायरल कर दीजिए गाइस आज मैं अपने रूम का दृश्य बताने वाला हूँ और गाइस देख सकते हो ये बंदा जो मेरा फ्रेंड है ये अच्छा बंदा है गाइज इसकी शक्ल पर बिल्कुल बचाना और गाइज आज हमने बनाया है दाल आप देख सकते हो आप देख सकते हो हमने बनाई है दाल और दाल दाल जैसी सब्जी हम बहुत मतलब बहुत समय के बाद बनाते हैं ऐसे नहीं कि हर दिन बना दे जैसे हमने दाल बनाई थी शाम को बनाई थी कल रात बनाई थी काश अभी दोपहर के दो बजे और हमने दाल कल रात बनाई थी और अब इसके बाद में हम मतलब बहुत समय बाद बनाएंगे ऐसे नहीं है कि हर दिन बना दें अभी हम इसके बाद बनाएंगे रात को, को बना देंगे आज तो गाइज मतलब हम अलग अलग सब्जियां खाते रहते हैं जैसे कि कल रात हमने दाल बनाई थी अभी हाय गाइज रोज की दिनचर्या की तरह अभी मेरे पैसा करने का वक्त हो गया है तो गाइज अभी मैं पैसा करने चाहूँगा तो आप पीछे दे सकते हो स्थान शौचालय बना हुआ है तो गाइज आप हमारे साथ बने रहे तो फाइनली गाइस मैं यहाँ आ चुका हूँ और मैं हिंदुस्तान से आया था हाय गाइस गाइस काफी दिनों से मैं एक चीज नोटिस करा था जो मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन फिर भी मुझे उस टॉपिक पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि गाइस मैंने देखा है कि प्रत्येक वीडियो के कमेंट सेक्शन में 50 परसेंट से ज़्यादा कमेंट होते हैं कि आपकी वीडियो स्क्रिप्टेड होते हैं आपकी ब्लॉग्स वाले वीडियो स्क्रिप्टेड होते हैं यहां तक बोलते हैं कि प्रैंक वाले वीडियो भी स्क्रिप्टेड होते हैं तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और और गाइज उन लोगों की जो कमेंट्स होते हैं उनको प्लीज़ इग्नोर करें और हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो हेलो गाइज वेलकम बैक टू लोलो लो चैनल गाइज मैं आज ऐसे अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो न तो आपने देखी है और न ही सुनिए गाइज मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला बस मैं अपना कॉन्टैक्ट बताता हूं, मैं न किसी को मजबूर करता हूं अपना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो गाइज चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं तो गाइज अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं सबसे पहले मैं कुछ ऐसे नए यूट्यूबर हैं जो अनबॉक्सिंग करना सीखना चाहते हैं या अपना अनबॉक्सिंग वाला चैनल खोलना चाहते हैं तो मैं उनके लिए थोड़े बहुत टिप्स देना चाहूँगा काइज सबसे पहले तो आपको एक स्टैंड लाना चाहिए जो मोबाइल रखने के लिए हाँ हालांकि मेरे पास नहीं है मैं हाथ से पकड़ चला रहा हूँ लेकिन आपके पास होना चाहिए काइज और दूसरा अनबॉक्सिंग के लिए बड़े बड़े हथियार होने चाहिए जैसे अगर किसी के पास नहीं हो तो चाकू से काम चला, चला सकते हो जैसे मेरे पास चाकू है ये गाइज थोड़ा वो मिर्ची से हुआ है लेकिन आप इससे भी काम चला सकते हो गाइज एनीवे तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं तो गाइज़ मैं आपको अनबॉक्सिंग से पहले बता दूं कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है मतलब मैं नहीं कहता हूं कि आप लाइक like, शेयर करो मेरे को किसी प्रकार की कोई लाइक like, शेयर की भूख नहीं है तो गाइज़ देख सकते हो ये अनबॉक्सिंग बॉक्स आ चुका है और इस पर ये टैप लगा हुआ है जिसपे एनी वेज आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो तो गाइज़ ये प्रोडक्ट आया मीशो का जो ये गाइज मैंने नहीं खोला है ये मेरे भाई ने खोल दिया है बाकी तो गाइज अनबॉक्सिंग करते हैं और गाइज ये ये ये यस गाइज अनबॉक्सिंग हो गया है तो गाइज देखते हैं इसमें क्या आता है तो गाइज इसमें ओ इसमें गाइज एक पेज आया देखते हैं पेज में क्या होगा शायद कुछ चेक वैक हो अंदर गाइस इसमें लिखा हुआ है तो गाइस लाइक शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है तो गाइस इसमें लिखा हुआ है इनसाइट फॉर यू देखते हैं शायद गाइस कुछ अच्छा हो मिश्रा का हो ये गाइस ये चाकू वाली थोड़ी मिर्ची लग गई बाकी छोड़ो गाइस एनीवे देखते हैं गाइस अंदर क्या होता है इसमें लिखा हुआ है hey, चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो बाकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो टैग चैनल्स पर चाह यहाँ क्या कर रहा है भे बे? पदम बैरेट। ओ गाइज चलिए गाइज आपको कैसा लगा वीडियो ये अनबॉक्सिंग वाला अच्छा लगा है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो गाइज देख सकते हो आप ये ये इन्होंने भेजा है और कुछ लोग गाइज कमेंट में लिखेंगे कि ये आपने लिखे है तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हाई गाइज गाइज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे सारे के सारे वीडियोस बहुत सारी कटिंग या रीटेक्स में होते हैं तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप उन लोगों पर एक परसेंट भी भरोसा ना करें